गुलाबी आंखें जब तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जब तेरी देखी जरा भी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे तुझ मेरे जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मन के दिल काका का। मैं कहीं का नारा क्या कहूँ मैं धनबाद बुरा ये जा तू जरी आंखों का ये मेरा का दिल हो गया जुराबी आंखें सतरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे यारों ना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें सुधरी देखी ज़रा भी ये दिल हो गया मैंने सदा सा ये ही सामन बचा लूँ हसीनों से मैं, चरिक कसम शाबू में भी बचता पिराना ज़िन्नों से, से मैं, तो बाबा कर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दर्द जगार, सुन जाओ बेघर, ज़रा सा हँस के जो देखा तू ना बिल हो गया गुलाबियान के जेरी देखी शराबी ये दिल हो गया गुलाबियान के संभाल मुझको मुश्किल हो गया शराबिया देखी शराबिए दिल हो गया